कबीर कमाईया करके उभ आई बबूल बैठन लागे छूबन ला तन विश्व की बैल ये विश्व की बैलरी गुरु अमृत की खान शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जा बालू ये रचना परी बालू ये रचना परी तू कद न सुर राम संग राम किसका मुख में मुख आलो चाम काटके फै को दूरी स्वाद बाद बकवाद बकबाद करबा नगर वे बेसूरी पकड़ी डटे ने पापणी तू निषदिन बके ंग राम किस को हर मुख में जत दौड़त दिन गयो आ ए रामा हाजत रा, रा, दौड़त दिन गयो बिता दीरा शरम की बात जारो गर्व करें Yeah. करते हुए ऊपर रंग सुरंग लगायो ऊपर है गया yeah. चाम का, आ गा नर ते कोई काम नया चल हो चल ओ उस मोती जाता जातन लगे नहीं पारा ओ होशन सारे उस मोती जातन ला